जय श्री द्वारिकाधीश दर्शकों दिनांक 7 नवंबर बृहस्पतिवार दिन का राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है आज के दिन को शुभ और प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग हम आप सभी श्रोतागणों को बताएंगे साथ ही साथ दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे तो आज का पंचांग क्या कहता है पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण तो देखिए दर्शकों कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी ये रहेगी दसवीं तिथि सुबह नौ मिनट तक की तदउपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी दर्शकों एकादशी तिथि के बारे में में हमने आपको बताया था कि एकादशी तिथि के के दिन किसी भी प्रकार मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए चावल जानते चावल जानते होंगे, का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा जो है नीच में प्राप्ति होती है इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे विक्रम संबत दो हजार उन्नीस सौ इकतालीस परिधावी नामक संभव सब चल रहा है सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर चौबीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर सोलह मिनट पर नक्षत्र रहेगा सतदिशा इसके उपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा दर्शकों योग रहेगा ध्रुव और इसके उपरांत व्याघ्यात योग रहेगा करण जो रहेगा ये रहेगा गर्भ इसके उपरांत वरिज और अंतिम करण जो रहेगा ये बिष्टिकरण रहेगा वार के अधिपति देव कौन है तो आज भगवान विष्णु हैं गुरुवार दिन रहेगा दर्शकों और चंद्र देव का जो चलायमान रहेगा ये आज मीन राशि में चलायमान रहेंगे सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में जो है रहेंगे और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चूंकि गुरुवार दिन रहेगा तो गुरुवार का जो दिशा सूल होता है ये होता है दक्षिण दिशा की ओर तो दक्षिण दिशा की ओर आपको यात्रा नहीं करनी है यदि करनी पड़ जाए तो प्रयास कीजिएगा दही का सेवन करके केसर का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं और पहले आपको उत्तर दिशा की ओर चार पग चलना रहेगा तद उपरांत दक्षिण दिशा की ओर ही आप लोग प्रस्थान करिएगा अपने जेब में एक पीले रंग का रुमाल जरूर रखिएगा राहु काल की ओर आते हैं अशुभ समय होता है इस दौरान किसी भी शुभ कार्यों को मत करिएगा तो बृहस्पतिवार का जो राहु राहुकाल दर्शकों रहेगा ये दोपहर एक बजकर ग्यारह मिनट से ले करके दो बजकर तैंतीस मिनट तक रहेगा आप लोग रिमाइंडर फिट कर लीजिए नोट कर लीजिए इसमें शुभ कार्यों को नहीं करना है लेकिन यदि अब आपको शुभ कार्यों को करना है तो क्या मतलब ऐसा समय है कौन सी ऐसी वेला है कि आप लोग शुभ कार्यों को करें तो कोशिश कीजिए आज प्रातः ग्यारह बजकर 28 मिनट से लेकर के बारह बजकर 12 मिनट तक की आप लोग कार्यों को निपटा सकते हैं ये जो समय रहेगा ये आप लोगों के लिए शुभ समय रहेगा इस दौरान यदि आप किसी कार्य में हाथ डालेंगे तो आपके वो काम बनेंगे तो दर्शकों अब चलते हैं अपने राशिफल की ओर लेकिन देखिए दर्शकों फटाफट आज लाइक है 500 लाइक्स का है टारगेट है तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल पर देखिए जुड़े हैं इतनी ज्ञान की बातें आपको बताते हैं तो एक लाइक का हक तो हमको भी बनता है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए नए हैं तो चैनल में हमारे जो है सब्सक्राइब बटन है उसको आप लोग दबाइए और बगल में बना बेल आइकन जी हाँ दर्शकों बेलाइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँचते रहे एक आज हम आप लोगों को प्रयोग बता रहे हैं ये सभी लोगों को करना है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए देखिए कार्तिक मास चल रहा है भगवान विष्णु को जो है बड़ा प्रिय है कार्तिक मास तो करिएगा क्या आपकी चाहे जो राशि हो नाम राशि नहीं पता चंद्र राशि कुछ नहीं पता ये आज आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा देखिए आज के दिन आपको सुबह जल्दी उठना रहेगा और एक जल में जो है एक पात्र में जल ले लीजिएगा थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा उसमें चने की डाल, दाल डाल आप डालिए एक चुटकी हल्दी डालिए थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और तुलसी जी के पौधे पर आपको जाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से अर्पण करना रहेगा और शाम के समय एक चौमुखी दीपक चौमुखी दीपक का सीधा सा आशय है कि एक दीपक में चार रूई की बत्ती जो है निकले और चारों वो जले तो चौमुखी दीपक आपको जो है तुलसी माता के पौधे के नीचे समीप रखना रहेगा यकीन मानिए दर्शकों आपका जो मतलब ग्रह गोचर ये जो सितारे नक्षत्र चाल आपके जो है जीवन में बाधाएं दे रहे यदि आप हर बृहस्पतवार कर ले इक्कीस बृहस्पतवार करके देखिएगा आपको बहुत लाभ होगा धन संबंधी भी लाभ होगा इसके साथ साथ कार्य में भी जो बाधा आ रही होगी वो दूर होगी तो खैर ये तो यूनिवर्सल उपाय था सभी के लिए था अब बढ़ते हैं मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो देखिए मेष राशि के जातकों आज का राशिफल कहता है कि आपके लिए दिन अनुकूल रहेगा तरक्की के कई नए रास्ते आज आपको नजर आएंगे मेष राशि के जातक यदि आप वकील हैं जज हैं आज का दिन बेहतरीन है कोई जरूरी केस आज, आज आपके पक्ष में रहेगा विवाहितों के लिए आज का दिन देखिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है कोई नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है किसी नए रिश्ते में आज बनते हुए दिखाई पड़ेंगे जीवन साथी संघ धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं दांपत्य संबंधों में आज मधुरता बढ़ेगी आज आपके द्वारा की जा रही व्यावसायिक यात्राएँ भी सफल रहेंगी आज के दिन कोशिश कीजिएगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा काम में शाम तक की आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज बेसन के लड्डू आपको गाय को खिलाना रहेगा और गौ माता के चरण के आशीर्वाद लेना रहेगा पद्म पुराण में लिखा है यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो भगवान कृष्ण की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनती है शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ वृषभ राशि के जात आज पूरा दिन खुद को आप लोग एनर्जेटिक महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं ऑफिस में कई दिनों से रुका हुआ काम समय पर पूरा कर लेंगे वृषभ राशि के जाताक स्टूडेंट हैं तो आज का दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है लव मेट के लिए आज का दिन काफ़ी बढ़िया रहेगा कुछ लोग आज, आज आपसे बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बहुत अधिक उम्मीद कर सकते हैं आज आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे आज आपका कोई बहुत बड़ा काम पूरा होगा जिससे आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि विष्णु साहे का पाठ करिए और अपने घर के बाहर आज एक पात्र में जल रखिएगा जिससे भी जो भी जानवर पशु पक्षी आए वो पीते हुए फिर जाए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन मिथुन राशि जैमिनी क्या कुछ कहता है आज आपका दिन तो आज का राशिफल बताता है कि आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं किसी ऐसे रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में बहुत बड़ा फायदा होगा आज का राशिफल मिथुन राशि के जातकों को बताता है कि यदि आप बिल्डर्स हैं यदि आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं यदि आप भूमि से संबंधित काम करते हैं तो आज का दिन फायदा देने वाला रहेगा आज रोजगार में वृद्धि के संकेत दिखा रहे हैं आज मिथुन राशि के जातकों आपके व्यवहार से लोग प्रभावित हो करके आज, आज आपको कोई गिफ्ट वगैरह या कोई इनाम वगैरह आपको दे सकते हैं लव मेरिज के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिएगा और भगवान भोलेनाथ पर आज आपको शुद्ध जल अर्पित करना रहेगा ओम नम शिवाय मंत्र का एक बार जाप करिए आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वहीं कर्क राशि के जातकों आज आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज आपको जीवन साथी से कोई सुखद समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके कर्क राशि के हैं तो महिला हैं तो आज आपको जो है क्या कहते हैं जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आज आपका जो है जॉब परिवर्तित होने के भी बहुत आसान हैं लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक आप लोगों को चलाना रहेगा कोशिश कीजिएगा कि देखिए आप लोग यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ मीठा खा करके निकलिएगा दिशा सूल जरूर ध्यान रखिएगा आज जरूरतमंदों को जो है पका हुआ भोजन कराइए जिससे आपके सभी दुखों का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन सिंह राशि लियो आज का राशिफल कहता है कि आज घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही आपको बाहर निकलना होगा जिससे आपके काम बनेंगे ऑफिस में कुछ नई जिम्मेदारियाँ आज आपके कंधों पर आ सकती हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आज घर आते समय शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन आनंदित रहेगा अच्छा रहेगा आज स्वास्थ्य थोड़ा बहुत जो है आपका प्रतिकूल रहेगा बेहतर होगा जंक फूड से आज आपको बचना है एवॉइड करें तो ठीक रहेगा लेन देन के मामलों में आज आपको सतर्कता रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा क्या पीपल के वृक्ष पर आपको जा करके जलार्पण करना रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक बार जाप करिए यही सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे शुभ शुभ कलर आपके आपके लिए रहे आपके लिए रहेगा रहेगा पीला और अंक हमारी जो अगली कोई सिविल इंजीनियर से रिलेटेड है जो कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है जो कोई लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है वहीं आज आपको कोई बहुत बड़ी जॉब के लिए कॉल लेटर मिल सकता है या आप किसी इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं आज किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपका संपर्क होगा और रुका हुआ पैसा फंसा हुआ धन आज आपको मिल जाएगा मॉर्निंग वॉक पर आज जाइए सेहत के लिहाज से ठीक रहेगा आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि मंदिर में पीले वस्त्रों का दान आपको करना रहेगा चने का दाल जो है आज मंदिर में आप लोगों को दान करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तुला राशि लिब्रा तो आज का राशिफल बताता है कि दिन आपका सामान्य रहेगा आज ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी किसी दूसरे के काम में बेवजह अपनी राय देने से आज, आज आपको बचना होगा स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा आज कानूनी अड़चने सामने आ सकती है कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर भी इसके साथ साथ आज, आज आपको मिलेंगे आज का राशिफल बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी तुला राशि के जातक अचानक गुस्से में कही गई बात से आज आपको नुकसान हो सकता है बेहतर होगा कि आज आपको अपने गुस्से को नियंत्रण में रखिएगा तो, बेसन, बेसन तो ये खिलाइए आपको धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि तो आज का राशिफल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताता है कि दिन भर यात्राओं में आज आप परेशान रहेंगे ऑफिस के काम से व्यापार के काम से आज आपको लंबी दूरी की और छोटी दूरी की भी यात्राएं करनी पड़ सकती है आज घर परिवार में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे किसी के साथ आज आपकी तूतू तुम -तू -तू मेहमत हो सकती है वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज पार्टनर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है रिश्तों में मिठास आज, आज आपके बनी रहेगी अचानक धन लाभ के योग बन रहे आज भगवान विष्णु को आज आपको करना क्या रहेगा कि खीर बनाना है और केसर से बनी हुई खीर आपको बनानी रहेगी और आपको अर्पण करना रहेगा विष्णु सहित नाम का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा आठ धनु राशि तो आज का दिन आपके लिए फेवर में रहेगा आज किसी काम से दोस्त के घर जा सकते हैं अविवाहित लोगों के लिए आज का राशिफल बताता है राशि के जात को कि आपके लिए दिन शुभ रहने वाला है विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे प्रेम प्रसंग में भी आज सफलता निश्चित है यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपका संपर्क हो सकता है आज आपके ऑफिस के काम समय से पूरे होंगे माता के स्वास्थ्य में कुछ आपको जो है चिंतित रहने की आज जरूरत पड़ेगी फॉर जो है मतलब माता का स्वास्थ्य प्रतिकूल कुल दिखाई पड़ रहा है कुल मिलाकर के एवरेज दिन जाएगा के लिए, तो तो लिए नारायण कवच का आप लोग पाठ करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक सौ आठ बार भी आपको जब करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कैप्रिकॉन जी हाँ मकर राशि तो देखिए मकर राशिफल के अनुसार आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए ठीक ठाक रहेगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आज किसी बात को लेकर पड़ोसी से अनमन हो सकती है संभल कर बात करिएगा आज आपका जो है स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहेगा आपका साथ नहीं देगा आज आपके फालतू खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं जिससे आज आप थोड़े चिंतित रहेंगे कार्यों की सफलता के लिए आज, आज आपको अधिक प्रयास करना पड़ सकता है आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत रहेगा कोशिश कीजिएगा जरूरतमंदों को पीले वस्त्र का आज आप दान करिए और गाय को आपको करना क्या रहेगा कोई पीली मिठाई मूँग की जो है मूँग का हलवा या मूँग से बनी हुई कोई मिठाई भी आज आप लोग खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि तो देखिए कुंभ राशि के जात आज का राशिफल बताता है कि आज किस्मत आपके साथ कदम मिलाकर चलेगी अगर नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा बड़ों की राय जरूर लीजिएगा धन लाभ के साथ साथ आज खुशियों का आगमन होगा विवाहितों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आज आपकी कोशिश और मेहनत कामयाब रहेगी मन में उत्सुकता बनी रहेगी तरक्की के कई नए मौके आज आपको मिलेंगे साथ काम करने वाले लोगों से सहयोग मिलेगा आज जो है बिजनेस में आपके बढ़ोतरी होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सुबह जल्दी उठ करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए आधे हृदय स्रोत का पाठ करिए और आज केसर का तिलक मस्तक डिब्भाना लगा करके घर से बाहर निकलिए। शुभ कलर आपके लिए, लिए मुंबई फट आप में, बना बेल और, में आप मिल सकते हैं। और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम राशि हमारी आती है मीन राशि लेकिन दर्शकों वार्षिक राशिफल दो हजार बीस डाल चुके हैं मूलांग का राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन भी पड़ पर चुका है तो किस बात की आप लोग देर कर रहे हैं। जा करके इसको आप लोग जरूर देख मीन राशि के जात को आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा परिवार में किसी पार्टी का आयोजन आज कर सकते हैं आज आपके घर में बहुत ज्यादा खुशी का माहौल रहेगा आज, आज आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट कर भरी रहेगी रुके हुए ज्यादातर काम आज आपके पूरे होंगे आसपास के लोगों से आज आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है लव मेट के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा छात्रों के लिए दिन अनुकूल है किसी नए विषय पर आज आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आज आप अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा आपको कार्य में सफलता हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आज किसी ब्राह्मण को यज्ञो पवित्र दीजिए और कुछ पका हुआ भोजन जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और दर्शकों इस वीडियो को अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जम शेयर कीजिए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री द्वारिकाधीश